तो आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करें देखो हदीस बाग में है कि अपने बच्चों को तीन चीज़ें सिखाओ तीन चीज़ें सिखाओ नंबर एक अल्लाह की मोहब्बत, नंबर दो रसूल वसल्लम की मोहब्बत और तीसरी चीज़ क़ुरान की मोहब्बत। ये तीन चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है उसका तरीका ये है कि अल्लाह की महब्बत से मुतलक हम अपने बच्चों को क्या करें वाक़ात सुनाएँ नबी करीम सल्हुसम की नस्बत से मुतक़ हम अपने बच्चों को किससे सुनाएँ क़ुरान पाक की महब्बत से मुतल हम उनको वाक़ सुनाएँ इसी तरीके से कससल क्रन किताब में अच्छे अच्छे वाक़ियात हैं जब बच्चों को कोई वाक़ सुनाना हो तो सोने से पहले सुनाएँ ताकि जब बच्चा बड़े होकर कुरान पाक पढ़े तो वे इन वा तो वह वाक्यात उसके दिलों में पहले से हो। अलावा इजी साहबा कराम और अलिया इजाम के अहवाल भी सुनाएँ उनकी ज़िंदगी की पूरी तारीख भी सुनाएं ताकि बच्चों के अंदर नेकी का शौक पैदा हो और बच्चे नेक बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का इरादा करें देखो एक बात जहन नशी कर लें कि अपने बच्चों को कभी ताना न दे बच्चे अगर कभी भी कोई गलती कर बैठें तो बच्चे को उसके गुना और गलती का ताना देना वो भी लोगों के सामने तो ये जहर है ये बहुत बड़ा जहर है ये तो जहर में बुझे हुए तीर के मानंद है तो इस तरीके से अपने बच्चों को कभी भी ताना न दे कोई गलती कर बैठा है तो उसको ताना न दे ये बात देखो ध्यान रखना अब बुज़ुर्गों पता बुज़ुर्ग लोग क्या करते थे बुज़ुर्गों का कहना है कि बच्चा सात साल सात साल तक माँ बाप का ग़ुला होता है फिर सात साल से चौदह साल तक वो अपने माँ बाप का मशीर बन जाता यानी उनकी बात मान लेता और कभी कभी उनको अपने मशवरे भी देता है फिर चौदह साल के बाद फिर वो माँ बाप का दोस्त या फिर माँ बाप का दुश्मन बन जाता है इन तीन कैटेगरी में से एक ना एक बन जाता है तो अगर आपने उनकी अच्छी तरबियत की है तो वो आपके ग़ुलाम और बेदाम और आपकी खिदमतगार रहेंगे आपकी खुशी में उनकी खुशी होगी आपकी नाराज़गी में उनकी नाराज़गी लेकिन अगर आपने अच्छी तरबियत नहीं की तो फिर 14 साल के बाद बच्चे की अच्छी तरबियत करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये तो ऐसा ही है कि सख्त लोहा किसी के सामने रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि इसको किसी खास शक्ल में तब्दील कर दो कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा कर तो जब पाएगा ना जब वो लोहे को आग में डालेगा वो आग लोहे को इतना नरम करेगी इतना नरम कर देगी कि आप उस लोहे को जिस तरफ चाहो मोड़ लो तो इसलिए जी बच्चा जो होता ना वो थोड़ा छोटा होता है उसके उसको इस वक्त में क्या करा जाता है अच्छी तरबियत हो सकती है उसकी इस वक्त में वरना अगर बाद में निकल गया चौदह साल के बाद तब तो फिर सोचो फिर आप तरबियत नहीं कर पाएंगे उसकी तो इसलिए चौदह साल से पहले ही बच्चे की अच्छी तरबियत करें ये बात ध्यान रखें हाँ तो बात ये चल रही थी इसलिए बचपन ही से अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें बहुत सी माओ को हमने देखा ये शिकायत रहती है कि बच्चा अपने मां बाप की बात नहीं मानता बच्चा हमारी बात नहीं मानता उसकी पता वजह ये होती है कि बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं होती अच्छी तरबियत नहीं की गई होती उसकी ये बात जहन में एक रख लें कि बच्चों से अपनी बात मनवाने का गर तलाश करें खुलम खुला बच्चों को कभी भी हुक्म न दिया करें जैसे कि आप ये कहें कि मैं ये हुक्म दे रही कि तुम ऐसा करो अब पता है ऐसा क्या होगा अगर बच्चे ने नहीं किया तो आपकी वजह से गुनहगार होगा बुज़ुर्गों का तरीका ये था कि वो बच्चों से जो भी बात कहते थे प्यार मोहब्बत से कहते थे कहते थे बेटा अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपने ये काम कर दिया तो मुझे बहुत राहत मिलेगी बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बड़ी दुआएँ आपको दूंगा जब आप इस तरह से बात करेंगे और बच्चे ने आपकी बात मान ली तो वाकई उसको दुआएं भी मिल जाती हैं और अगर ना भी माने तो कम अज़ कम गुनाह का मरतकब तो नहीं होगा ना मानने की वजह से उस पर नहुसत तो नहीं पड़ेगी तो इसलिए मेरा भाई जिस तरीके से बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों से बात करी इसी तरीके से हम भी जो है ना बात करें और उनकी तरबियत और परवरिश करें देखो बचपन की उम्र लाबारी उम्र होती है उसको अभी पूरी तरह से ये पता नहीं है कि बात ना मानने की वजह से क्या नबूसतें हैं इसलिए उनको नबूसतों से बचाने के लिए उनसे मशवरा बात करें बात क्या करें माँ तो बड़ी रहीम होती है जैसी बच्चा रोता है किस तरीके से वो भी रोने लगती है उसका दिल भी रोता है तो माँ बड़ी रहम करीम होती है कभी कभी भी बच्चे के दिल की मत को पसंद नहीं करती है जो माँ अपने बच्चे के जूते की नोक को भी चमका कर रखती है अगर बुरश नहीं मिलता तो अपने दुपट्टे से साफ़ कर देती है वो अपने बेटे की म्मत को किस तरह पसंद कर सकती है मगर उसे पता नहीं होता कि उसे अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है जब बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो वो माँ बाप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कई बच्चे थोड़े सवाल पूछते हैं और कई बच्चे तो ज़्यादा सवाल करते हैं देखो एक बात याद रखो जो बच्चा ज़्यादा सवाल करे तो उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा जहीन न चाहिए वो ज़्यादा समझदार जहहीन है बच्चों के सवाल करने पर कभी भी घबरा नहीं बल्कि उनको जवाब देने और समझाने की हमें कोशिश करना है बहुत सीमाएं ये धमकी देने लगती हैं कि हर वक्त क्या पूछते हो खामोश रहो इस तरीके के बिना नहीं हमें बात करना हमें तो उनकी बात को पूरी समझाना है तो मैंने आप लोगों को बतलाया कि बच्चों की तरबियत किस तरीके से करें बच्चों की तरबियत इसी तरीके से करें देखो पूरी बातें समझाने का खुलासा ये निकलता है कि औलाद की तरबियत जो होती ना वो बचपन ही में हो पाएगी आप सोचो कि जब बच्चा चौदह साल का हो जाए तो हम तरबियत कर लें नहीं हो सकती उसकी मिसाल हमने यही दी थी कि लोहा एक सख्त लोहा आप किसी के सामने रख दें और कहें कि इसको किसी ख़ास शक्ल में तब्दील कर दें तो नहीं हो सकता जब तक कि वो लोहा नरम नहीं होगा या उसको आग में नहीं डाला जाएगा या उसको कूटा नहीं जाएगा तो इसी तरीके से बच्चे जब छोटी उम्र के होते हैं तो वहाँ पर औलाद की तरबीत अच्छी हो सकती है और जब बड़े हो जाएं तब तो फिर नहीं हो पाएगी फिर दूसरी चीज़ ये हमने समझाई कि बच्चे से आप बात किस तरीके से करें अगर आप बच्चे को कोई हुक्म भी दें तो उसको किस तरीके से दें हुक्म भी देना बुज़ुर्गों का हमने तरीका बतलाया कि बुज़ुर्ग जब बच्चे से बच्चे को कोई हुक्म देते थे तो इस तरह बात करते थे कैसे बात करते थे कि बेटा ऐसा काम करो बेटा ऐसा काम करो तो तुम्हें मैं बहुत बड़ी दुआएं दूंगा और ये काम कर लिया तो मैं ये तुमको ये चीज़ दूंगा इस तरीके से बुज़ुर्ग बात करते थे तो इससे एक फ़ायदा ये था कि अगर बच्चा नहीं भी मानेगा तो वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं होगा ना मानने की वजह से उस पर नबूसत नहीं पड़ेगी तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें समझाएँ और बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करें ताकि आपको बाद में बड़ा होने के बाद ये शिकायत ना रहे कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता हमारी फरमाबरदारी नहीं करता और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के अंदर दींददारी लाओ उन्हें वाकयात सुनाओ नबी करीम अलैहि वसल्लम के मुतक कुरान करीम से मुतक़ अल्लाह के मुतल और भी बुज़ुर्गों के मुतका के मुतिक मतलब ऐसी बातें बतलाओ जो बाद में जब वो इन बातों को समझे तो वो उसके दिलों में पहले से मौजूद हों और फिर उसके ऊपर असर करेंगी देखो एक बात बताएं आपको अगर समझाने की कोशिश करें इस तरीके से समझो देखो दुनिया में फ़र्क दुनिया का फ़र्क समझिए और दीन का फ़र्क समझिए जब औलाद दुनियादारी वाली होती है जब औलाद पैसों वाली होती है मतलब कुछ इस तरीके से होती है कि वह मतलब किसीदे पर होता है तो माँ बाप उससे थोड़ा सा डर के बात करते हैं पता ऐसा क्यों करते हैं ताकि वो बच्चा उनका नाराज़ ना हो जाए अब लेकिन अगर जब यही औलाद आपकी दीनदार होगी तो यही आपका बच्चा माँ बाप से डर के बात करेगा पता क्यों वो सोचेगा कहीं हमारे माँ बाप ना नाराज़ हो जाएं तो इस तरीके से बात समझो कि दीन का फ़र्क और दुनिया का फ़र्क अब तो हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े बेगैरती होते चले जा रहे हैं अब तो लोगों के कंट्रोल से निकलते ही चले जा रहे हैं किसी तरीके से वो अब नहीं लेके आ पा रहे हैं अच्छे रास्ते पर ना ही अब बच्चों के अंदर वो तरबियत हो पा रही ना परवरिश हो पा रही अब लोगों के पास इल्म तो बहुत हो रहा है। लेकिन वो समझदारी वो सूझ बूझ वो कहीं नहीं हो पा रही है तो मेरे भाई बच्चों की अच्छी तरबियत करें और परवरिश करें अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताली हम लोगों को नेक साहे ओलाद अदा फरमाएँ और हम जो दुआ करें वो ये दुआ करें कि हमारे जितने भी लोगों के माँ बाप हैं हम उनकी खिदमत करें उनकी खिदमत करें और जिन लोगों के माँ बाप मर गए हैं अल्लाह उनको तो बस्त की तोफ़ी नसीबत फ़रमाएँ आमीन